हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एचपी एक सौ के अंदर इसमें एक मॉडल और आता है जो छत्तीस डब्ल्यू ए जिसके अंदर वाईफाई नहीं होता और W के अंदर वो वाईफाई होता है इसकी क्या क्वालिटी आने वाली है अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा वीडियो है वो अनबॉक्सिंग पर रहने वाला है तो इस प्रिंटर की आपको पूरी डिटेल दूंगा कि पर पेज पे कितना कुछ पढ़ने वाला है सारी डिटेल है वो बताने वाला हूँ तो इस बॉक्स को अब हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हाँ अनबॉक्स करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर लें तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग इस प्रिंटर को तो चलिए देखते हैं चलिए इसको ओपन करते हैं देखते हैं क्या होने वाला है तो so, इसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती है कुछ पेपर्स आप देख पा रहे हो तो ये डिटेल्स है वो आपको मिल जाती है कि आपको क्या क्या करना है पूरी डिटेल है वो मिल जाती है अगर आप वीडियो देख के कर रहे हो उसी हिसाब से कर लो ना इन पेजों के अंदर वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करना है क्या करना है सारी डिटेल है वो मिल जाएगी तो आप चलिए मेन प्रिंटर पे आते हैं और प्रिंटर को वो देखते हैं कि प्रिंटर क्या है इसके अंदर हमें एक तो यूएसडी मिलने वाली है और एक है वो इसको पावर से कनेक्ट करने वाली पावर केबल है वो मिलने वाली है अब प्रिंटर के अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ क्वालिटी मिलने वाली है और किस तरीके का प्रिंटर है वो रहने वाला है क्वालिटी है वो आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी है वो मिलने वाली है यहाँ पे आप पेज लोड कर सकते हो इनको आपको निकालना है अनबॉक्स करना है और यहाँ पे आपको एक वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बटन देख रहे हो इसको प्रेस करके आप वो कनेक्ट कर सकते हो अगर आप कमेंट में लिख दोगे कि इसके बारे में भी वीडियो बनाओ की वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं तो इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो को दे दूंगा तो बाकी बाकी आपने प्रिंटर देख लिया है बहुत ही शानदार प्रिंटर है और अगर आप पर पेज पे कोस्ट करो तो चालीस से साठ पैसे पर पेज कोस्ट आती है इस पर अगर हम लोग पर पेज निकाले तो बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलने वाली है और कार्टेज है वो इंक वाला कार्टेज नहीं है जा रहे, लेजर जेट है लेजर वाला प्रिंटर इसके अंदर वो निकल रहा है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप ये प्रिंटर खरीदना चाहते हो अपने के लिए ओपीस के लिए या कोई भी आप घर के काम के लिए तो काफी जेनवे प्रिंटर है बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको मिलने वाली है और सर्विस चार्ज का बोले तो काफी कम मिलने वाला है अगर शायद आप मार्केट के अंदर चेंज कराओगे तो ढाई से तीन रुपए के अंदर इसकी इंक है वो चेंज हो जाती है तो बहुत ही शानदार चीज है सबसे बेस्ट बात करें तो आप अपने फोन से वाईफाई कनेक्ट करके ही अपने फोन से जैसे व्हाट्सएप पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है उसे आप डायरेक्ट फोन से प्रिंट वो इसे कर सकते हो कोई भी केबल वगैरह कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं है तो ये जो फ्यूचर है इसके अंदर बहुत ही एडवांस फ्यूचर है और बढ़िया फ्यूचर आपको मिलने वाला है